हेलो आपको हमारे क्लास में स्वागत है आज हम सम्बाहू विषम बाहु समधि बाहू त्रिभुज पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी जानेंगे तो सम्भा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको हम सम्बाहु त्रिभुज कहेंगे सम्बाहु यानी शम यानी शव बराबर तो ये सम्बाहु त्रिभुज है तो इसमें हम क्या करते हैं जैसे अब सम्भावत भूजे ये बराबर ये भूजा बराबर ये भूजा ये भूजा बराबर और ये भूजा होता है ठीक है तो हम इसको तीनों को ए, ए मान लेते हैं ठीक है थीकर? तो उसके बाद हम क्या करते हैं एक लम्ब डालते हैं इसमें लम डालते हैं और इसको हम बोलेंगे H लम तो अब इसका जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं एच निकालते हैं यानी लम्ब निकालते हैं लम बराबर क्या होता है आप आपने समकोण त्रिभुज यानी पहले आयात पढ़े होंगे आयात में लंबाई इंट चौराही होता था उसका क्षेत्रफल उसके बाद आपने समकोण पढ़ा होगा यहाँ से अभी देखिए ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया ठीक है या तो आप ऐसे देखिए ये समकोण त्रिभुज का निर्माण किया इधर इसको समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया तो अब समकोन त्रिभुज से आप एच निकाल सकते हैं है पैठागुर परमेश्वर ठीक है तो एच इसको एच बना हुआ ए स्क्वायर माइनस इसका ये पूरे ए हाँ, है तो इसका हाफ लेंगे ए बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है तो इसको हम सॉल्व करेंगे ये आएगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर का अंडर ठीक है तो अब ये हो गया इसको अब सॉल्व करके हम डायरेक्ट निकालते हैं ए अंडर रूट थ्री बाई फोर ये हो गया मेरा में इसका हाइट निकल गया जब इसका हाइट निकल गया तो अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं क्षेत्रफल आपने क्षेत्रफल आयत में पढ़ेंगे लंबाई इंटू चौराई लंबाई इंटू चौराई तो आयत का हमने हाफ़ लिया था ट्रैंग जो त्रिभुज बनाए थे वो आयत का हाफ़ था तो हाफ़ था तो हम संपूर्ण त्रिभुज में पढ़े थे वन बाई टू यानी आया आयत का जो है हाफ वन बाई टू इंटू आयत में लंबाई इंटू पढ़े थे तो ये हो गया लंब इंटू आधार वही हो गया तो बराबर अब लम्ब वन बाई टू लंब कितना है h ये है तो a रूट थ्री बाई कितना फोर ए रूट थ्री बाई फोर अब आधार कितना है आधार ये पूरे है इस पे डाला लम्बलावा ये आधार पूरे है तो ए है इन ए तो अब ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट थ्री बाई फोर ठीक है ये आपका क्षेत्रफल आ गया अब इसका परिमाप परिमाप आपको पता ही होगा अभी परिमाप परिमाप जो है तीनों भुजाओं का योग तीनों भुजाओं का योग को हम परिमाप कहेंगे तो a प्लस a प्लस ए, ए बराबर थ्री ए इसका परिमाप हो गया थ्री ए थ्री ए इसका परिमाप हो गया तो आप बोलेंगे सर इसमें एक और ये है तो ये वाली बीज वाली हम नहीं लेते हैं ये लंब है हम इसमें लंब डाले हैं तो हमारा जो ये है इसका परिमाप ये चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग परिमाप ठीक है तो आगे हाँ। आप इसको आप नोट कर लीजिए ठीक है अब भी संभाू के बारे में हम जानते हैं तो आप एक प्रॉब्लम देख लेते हैं संभाु त्रिभुज का एक संभाु त्रिभुज एक संभाू त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इतना दिया हुआ है इतना वर्ग सेंटीमीटर है 25 25 इंटू रूट थ्री वर्ग सेंटीमीटर है त्रिभुज का त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए तो आपको पता है अब सॉल्यूशन इसका निकालते हैं आपको पता है इसकी संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है ए स्क्वायर अंडर रूट थ्री बाई फोर ये आपको पता है तो कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल बराबर 25 रूट थ्री ठीक है पच्चीस रूट थ्री तो हम इस रूट थ्री को इस रूट थ्री से काट देते हैं ठीक है तो बसाया क्या ए इसवायर बराबर फोर को इस साइड ले चले जाए जाते हैं 4 इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू ठीक है तो ए स्क्वायर जब इस इस साइड लेके जाएंगे हम तो यानी स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा तो अंडर रूट ट्वेंटी फाइव इंटू फोर बराबर कितना हो जाएगा इसका निकालिएगा अब अंडर रूट तो ये सौ हो जाएगा अंदर सौ हो जाएगा सौ का कितना निकलेगा दस तो एक भुजा कितना हो गया भुजा यानी दस सेंटीमीटर हो जाएगा दस सेंटीमीटर हो जाएगा अब इसी को अगर आपको बोला जाए कि भुजा से दस सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका एरिया निकालें तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे तो ये ये आपका 10 है ये भी 10 है ये भी 10 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हाइट निकालेंगे लम लम निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 100 सौ कितना हो जाएगा 100 सौ अंडर और इसका हो जाएगा हाफ पाँच यानी माइनस ठीक है तो आप कितना हो जाएगा अंडर रूट पचहत्तर पच्चीस की अब पच्चीस किया पचहत्तर होता है यानी पाँच रूट थ्री आ जाएगा ठीक है एच बराबर पाँच रूट थ्री आएगा ना और तो उसका उसके बाद क्षेत्रफल पे आप बैठा दीजिए क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या था ए स्क्वार ऐसा क्षेत्रफल पे आपको बैठाना है तो एक वो फार्मूला नहीं लगाना है तब क्या लगाना है ए लम आधार ये वाला लगाएंगे ठीक है तो वही चीज़ है अगर आप H बैठाएँगे तो वही चीज़ आएगा तो ये हो गया तो अब क्या हो गया वन बाय टू इन आधार कितना है आ, आपका आधार है लम्ब है कितना अभी आया फाइव रूट थ्री इन टू आधार कितना है दस तो आप ये कितना कटा पाँच बार में कटा तो ये हो गया पच्चीस रूट थ्री आ गया ना पच्चीस वर्ग इतना वर्ग सेंटीमीटर तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं एक बार और समझ लीजिए यानी मेरा भुजा हमको पता है ठीक है भुजा हमको पता है 10 सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता बराबर होती है तो बराबर होती है तब हम इसमें एक लम्ब डालें एक लम्ब डालें तो अब लम निकालने के लिए हमको ये अपने ये दोनों को जानकारी होना चाहिए पता होना चाहिए तो ये हमको पता है ये भी पता है ये अपने ये पूरे दस है तो इसका आधा क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा ठीक है तो इसका हम अपने पैथागोलसपर में लगाएंगे पैथागोलस परमे लगाने के बाद जो है ये आएगा अंडर रूट दस का अपना टेन का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर तो अपना टेन का स्क्वायर में सौ हो जाएगा फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस फाइव का माइनस फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा पच्चीस तो इसको अपना माइनस करके जो है पचहत्तर आया इसका जो है रूट जब निकाले फाइव अंडर रूट थ्री निकला तो उसके बाद जो है क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आप समकोन आया, आया का हाफ यानी समकोण त्रिभुज का वन बाई टू लम इंटू आधार तो उसमें हम पुट कर देंगे इतना आ जाएगा समिबाहू त्रिभुज अब समिवाहु त्रिभुज जो है जिसकी दो भुजा जिसकी दो भुजा समान हो उसको हम संधिभावती यूज कहेंगे इसमें भी क्या करेंगे हम एक लम डालेंगे h ठीक है तो h हम पहले निकालते हैं h बराबर आपको उसी तरह से निकलना है ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी का हाफ हो जाएगा b हाफ का स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी uh, स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा हम बाहर निकालने डायरेक्ट ठीक है आपको सॉल्व कर लेना है कल वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम होता है ठीक है ये हो गया तो अब इसका एरिया निकालेंगे एरिया एरिया क्या हो जाएगा इसका तो वन बाई टू लम इंटू आधार तो ये हो गया अब h हम बैठा देंगे वन बाई टू लम्ब कितना है इतना है आ, रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू और आधार कितना है आधार आधार b है b है तो क्या हो जाएगा b अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ये हो गया इसका क्षेत्रफल परिमाप देखते हैं परिमाप बराबर दोनों तीनों भुजाओं का योग तो इसमें ये दो भुजा एक सेम है तो ए टू ए प्लस बी एक भुजा असमान है तो बी ये हो गया परिमाप परिमाप तो ये हो गया आप इसका जो है एक सम्बाहू त्रिभुज का जो है हम समधिवाहु समकोण त्रिभुज का कुछ एक और फॉर्म आता जो हम डायरेक्ट निकालते हैं समधिभाहु समकोन त्रिभुज सम्धिभा समकोण त्रिभुज यानी समकोन त्रिभुज ही होता है लेकिन समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है इसमें ठीक है तो ये आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएँगे ये अगले वीडियो में ये लंबी में वीडियो लंबी हो चुकी है तो आज आज के वीडियो के लिए इतना ही अगले वीडियो के अपने का इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो जो है कल फिर हम डालेंगे और आप उसको फिर चेक डेली अपने हर हर दिन का वीडियो देखते रहिए और इसको पढ़ते रहिए आपको जो है ये क्षेत्रमिति जो है इतनी आसान हो जाएगा कि आपको कभी क्षत्रमति भूल ही नहीं सकते हैं और आप थोड़ा फिगर पे ध्यान दीजिएगा ये सारा जो है समी बाहु त्रिभुज जो है ये क्षत्रमति जो है आयत पे ही निर्भर है आयत से ही हम जो है समिबाहू त्रिभुज विषम बाहू त्रिभुज और प्लस आपका समकोण त्रिभुज फिर आयत भी हम उसी से ही रिलेटेड बनाएंगे ठीक है और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये लाभ जो है अपने आपको दोस्तों को भी मिले और अपने जो भी है नाइन्थ टेंथ वाले भी जो स्टूडेंट है उनको भी सेंड करें क्योंकि तो उसको भी जो है अपने बहुत अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया तो वो अच्छे नंबर से टें अपने मेट्रिक पास कर सकते हैं तो इसलिए आप ये बताएँ कि चौधरी सर का क्लास आ रहे हैं और लाइव तो अभी नहीं आ रहे हैं उनका वीडियो आ रहे हैं तो वो वीडियो दिखा कर ये करें और प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व हो जाएगा आप इसको जो है अपना नोट आ, अपने नोटबुक में आप नोट करते रहिएगा ठीक है चलिए थैंक यू